अरे हम चिल कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिल कर है और जो भी उड़ा रहे कर्जा लेके उड़ा रहे म्यूजिक